कुछ दोस्ती पर बेवजह है तभी तो दोस्ती है बचे होती तो साजिश होती वैसे दोस्त वो नहीं जो दोस्त के लिए जान दे दे दोस्त वो नहीं जो दोस्त को मुस्कुराहट दे दोस्त तो वो है जो पानी में गिरा दोस्त के आंखों से छलका आंसू भी पहचान ले वक्त गुजरता रहा जिंदगी सिमटती गई दोस्त बढ़ते गए दोस्ती घटती गई बचपन में दोस्तों के साथ समय बड़े मजे में गुजरता था क्योंकि हर सुबह के बाद शामें हुआ करती थी अब तो बस वक्त कटता है क्योंकि हर सुबह के बाद रात होती है वैसे मैं कुछ कहूँ आप सुनो ये अच्छी दोस्ती है आप कुछ कहो मैं सुनो ये भी अच्छी दोस्ती है मगर मैं कुछ भी ना कहूं फिर भी आप समझ जाओ ये सच्ची दोस्ती है है ना रहने दो मुझको यू उलझा हुआ सा अपने सारे दोस्तों में सुना है सुलझ जाने से धागे अलग अलग हो जाते हैं जिंदगी और उम्र इसमें फर्क सिर्फ इतना है जो दोस्तों के बिना गुजरी वो उम्र जो दोस्तों के साथ गुजरी वो जिंदगी काश फिर मिलने की वजह मिल जाए काश फिर मिलने की वजह मिल जाए साथ जितना निभाया था वो पल मिल जाए चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लो क्या पता ख़्वाबों में गुज़रा हुआ वो कल मिल जाए